आज हम लोग गंभीर चर्चा करेंगे बात करेंगे कैसे आप लेखपाल का आवेदन करेंगे पूरी प्रक्रिया के विषय में हम लोग जानेंगे और बड़ी बात है कि ये जो लेखपाल का विज्ञापन आया है इस विज्ञापन में जो हम लोग सोच रहे थे उसका बिल्कुल उल्टा दिख रहा है सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट जैसे कि आप देखिए पीई e. का स्कोर कार्ड होना चाहिए केवल स्कोर कार्ड होना चाहिए बस केवल आपने एग्जाम दिया है बस पीटी में मार्क्स की बाध्यता नहीं ये बड़ा परिवर्तन बड़ी चीज देखने को मिल रही है अनएक्सपेक्टेड आप सभी देख सकते हैं देखिए आप सभी भाई बहनों को जानकारी चाहिए कि आखिर में विज्ञापन में क्या है प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हम करेंगे आप सभी भाई बहनों से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं तो ये दूसरा भी महत्वपूर्ण पॉइंट जिसकी लगातार चर्चा हो रही थी लगातार आप सबको हर हाल में हर तरह से बताया जा रहा था कि ट्रिपल सी अनिवार्य होगा तो यहां पे जो विज्ञापन आया है अप्रत्याशित है ट्रिपल सी अनिवार्य नहीं देखिए एक बात आपको याद होगी मैंने आपसे कहा था कि चूंकि आगे देखिए चुनाव है तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स प्रतिभाग कर सकें वही हो रहा है देखिए जो आपको बताया गया था तो इसीलिए गवर्नमेंट ने पीईटी e. में मार्च की बाध्यता नहीं ये बड़ा फैसला लिया है बड़ा फैसला है आपको पहले भी इन चीजों के विषय में आपको पहले भी हिंट किया गया था कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स प्रतिभाग कर सके ये गवर्नमेंट की प्लानिंग होगी यह स्टेटमेंट हमने दिया था चंद्रा इंस्टीट्यूट के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था तब आप सभी भाई बहनों ने कहा था नहीं 80 परसेंट होगा 90 परसेंट होगा हमने तो यहां तक ये कहा था कि 50 के ऊपर लगभग सब फार्म भर सकेंगे गवर्नमेंट मैक्सिमम लोगों को चांस देगा लेकिन उस समय बहुत से विद्यार्थियों ने कहा था नहीं 75 परसेंट होगा 80 परसेंट होगा कितने ढेर सारे कमेंट आए थे आप सबके आप लोग याद करिए तो चंद्र इंस्टीट्यूट अगर कोई बात कहता है तो उसका कोई मतलब निकलता है चुनाव है गवर्नमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रतिभाग कर सकें ये गवर्नमेंट चाहेगी देखिए और भी चीजों पे हम इमेजिन करेंगे किस स्तर के प्रश्न होंगे हम लोग इस पर भी बात करेंगे प्रश्नों का लेवल क्या होगा क्योंकि चंद्रा में केवल टीचर नहीं बल्कि एक्सपर्ट होते हैं ये एक अलग लेवल की हम लोगों की स्ट्रेटजी होती है प्लानिंग होती है वही चीजें हम आपको बताते हैं जो एक्सपर्ट हमारे डिस्कस करके हमें बताते हैं हम मैं अगर यहां पे खड़ा हूं तो दस एक्सपर्ट दस एक्सपर्ट उन्होंने भेजा है कि ये चीजें आपको बतानी है तो प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए एक प्रकार से जो लेखपाल के एग्जाम का बहुत दिनों से प्रतीक्षारत है विज्ञापन का उनके लिए बड़ी खुशखबरी है बड़ी खुशखबरी है देखिये वन अपान फोर मार्किंग रहेगा एक बटा चार मार्किंग रहेगा आयु अठारह से चालीस वर्ष ट्रिपल सी अनिवार्य नहीं पीईटी में मार्क्स की बाध्यता नहीं पीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए बस केवल अंतिम तिथि अट्ठाईस जनवरी आज से ही आप आवेदन कर सकते हैं सॉरी 7 जनवरी से आप आवेदन कर सकते हैं और ये 28 जनवरी तक राइट 28 जनवरी तक ये मान्य रहेगा तो विज्ञापन आपका लेखपाल का जारी हो गया है ये लेखपाल का विज्ञापन जो जारी हुआ है आप इसे देख सकते हैं पूरा आ, ये विज्ञापन आपके पास अगर नहीं है तो टेलीग्राम चंद्रा इंस्टीट्यूट अलाहाबाद के टेलीग्राम पे विज्ञापन की पूरी कटिंग पूरा डिटेल आपको वहां पे हम दे दे रहे हैं चंद्रा इंस्टीट्यूट अलाहाबाद टेलीग्राम ऐप पे लिखेंगे चंद्र इंस्टीट इलाहाबाद आपको, आपको, आपको देखिए कैसे आप सफल होंगे किस प्रकार से एक बड़ी गंभीर बात मैं आपसे करने जा रहा हूं आप इस बात को समझिएगा जो समझदार छात्र हैं वो समझेंगे और हम मानते हैं कि आप इतनी समझदारी तो आप रखते हैं अपने अंदर सबसे पहले तो आपके अपने अंदर जुनून होना चाहिए कि नहीं यह एग्जाम है तो मैं क्वालिफाई कर ले जाऊंगा स्वयं के अंदर जुनून होना चाहिए कि मुझे यह एग्जाम क्वालिफाई करना ही है और उसके बाद एक सही मार्गदर्शन आप खुद बहुत से विद्यार्थी हैं मतलब आपने देखा कि हमने एक चैलेंज किया था जब यूपी पेट का पेट के बाद लेखपाल हो रहा है ना पीई का जब एग्जाम हुआ था तो एक बहुत फेसबुक पे हर जगह वायरल हुआ लोगों ने हमारे खिलाफ कंप्लेन तक कर दिया बहुत बड़ा आ, मतलब चैलेंज किया गया था इस प्रकार से कि जो यूपी पेट में क्वेश्चंस आए हैं <coughs> लगभग लगभग मतलब जो पढ़ाए गए हैं जो प्रश्न बताए गए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरह से जो हमने क्लासेस दी हैं ढूंढने से भी लोग एक भी प्रश्न ऐसा नहीं दिखा पाए मुश्किल से एक दो प्रश्न मतलब एक भी शायद नहीं दिखा पाए जो हम लोग फंसा न पाए हो सीधे नहीं आया हो या लगभग उसी प्रकार का नहीं आया हो ये ये स्थिति थी यूपीपेट तो यूपीपेट के बाद लेखपाल हो रहा है केवल देखिए केवल हमने ये चैलेंज केवल चंद्रा इंस्टीट्यूट ने किया था और ये चीज आप भूल नहीं सकते उसके लिए हमारे पास कितने कंप्लेन कितना क्या क्या आया लेकिन जो सत्य है वो सत्य है बिल्कुल तो उसी के बाद तो लेखपाल हो रहा है उसी के बाद बिल्कुल अगर कोई एक बात झूठी हो तो आप लोग बता दीजिए यूपी पेट का जो एग्जाम हुआ था कितना हम लोगों ने पसीना बहाया था कितने टॉप हंड्रेड कितना मेहनत किया था हम सबने तो मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे बहना 11 जनवरी से चंद्रा इंस्टीट्यूट के सभी ब्रांचेस देखिए जितने भी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ब्रांचेज हैं जितने भी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ब्रांचेज हैं सभी ब्रांचेज में ऑनलाइन ऑफलाइन 11 जनवरी से न्यू बैच दे रहे हैं पहली बात 11 जनवरी से यह डेट आप नोट कर लीजिए न्यू बैच आपको दे रहे हैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी लेखपाल का और इसमें जो कुछ विशेष बातें हैं विशेष <coughs> बातें ये हैं मैं बता दे रहा हूँ कुछ विशेषता भी है देखिए लखनऊ ब्रांच में आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए लखनऊ ब्रांच में मैं ऑनलाइन की प्रक्रिया भी आपको बता दे रहा हूँ जो इंटरेस्टेड हैं जो चंद्रा को जानते हैं वो हमारी बात को सुने क्योंकि हम बार बार कहने का कोई मतलब नहीं है रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है भैया चंद्रा इंस्टीट्यूट रिजल्ट चंद्रा का दूसरा नाम है कि रिजल्ट ओरिए रिजल्ट है कहीं ना कहीं तो ये आपका लखनऊ का ब्रांच है देखिए लखनऊ का दूसरा आलमबाग ब्रांच है आप यहां भी आपको 11 जनवरी से मिल जाएगा बैच देख लीजिए लखनऊ का दूसरा ब्रांच है सभी ब्रांचेज में आपको मिल जाएगा जितने भी हमारे ब्रांचेज हैं बरेली का ब्रांच है आप देख लीजिए यहां भी मिल जाएगा आपको वाराणसी ब्रांच है आप देख लीजिए यहां भी आपको मिल जाएगा 11 जनवरी से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज मिलने जा रहे हैं आगरा ब्रांच है आप देख लीजिए यहां भी आपको मिल जाएगा 11 जनवरी से न्यू बैच सभी ब्रांचेज में सभी ब्रांचेज जितने भी हमारे ब्रांचेज हैं आप देख लीजिए जितने भी हमारे ब्रांचेज हैं झांसी का ब्रांच 11 जनवरी से न्यू बैच लेखपाल का आपको मिल जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज हम आपको बताने जा रहे हैं देखिए झांसी ब्रांच है फैजाबाद आप सभी ब्रांचेज हमारा देख लीजिए जितने भी हमारे ब्रांचेज हैं कानपुर ब्रांच जितने भी हमारे ब्रांचेज हैं आप देख सकते हैं यहां पे आपको प्रॉपर मिल जाएगा ग्यारह जनवरी से सभी ब्रांचेज में आपको न्यू बैच ये आपका नीरछिर चौराहा काका ब्रांच है कानपुर का तो हमारे जितने भी ब्रांचेस हैं आप सभी भाई बहनों को गोरखपुर का ब्रांच आप देख लीजिए गोरखपुर का यहां भी 11 जनवरी से न्यू बैच मिल जाएगा ऑनलाइन की प्रक्रिया भी मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑनलाइन कैसे आप प्रवेश लेंगे और कुछ विशेष है वो विशेष क्या है इस पे भी हम थोड़ा सा बात आपसे करेंगे अभी देखिए लेखपाल की जो फीस है वो अट्ठारह है लेकिन ग्यारह जनवरी से ये अंतिम बैच बन रहा है लेखपाल का 11 जनवरी से जो बैच रहेगा लेखपाल का उसकी फीस मात्र तेरह रुपए यह बड़ी बात ऑनलाइन का जो बैच है <coughs> मात्र तेरह रुपए देखिए बहुत से लोगों को लगता है कि आप देखो वेकेंसी आ गई आ गए आ, आ, कोर्स बेचने आ गए ये है वो है बहुत से लोग अच्छा लिखते हैं बुरा लिखते हैं खराब लिखते हैं लेकिन जो चंद्रा से जुड़े हैं जिन्होंने चंद्रा के से सफलता का स्वाद चखा है मैं उनके लिए लाइव हूं भाई सीधी सी बात जो चंद्रा से जुड़े बहुत से इतने भाई बहन कि हमें चंद्रा में ही पढ़ना है जिन्होंने चंद्रा से सफलता का बिल्कुल मतलब उन्होंने उनका समर्पण चंद्रा के लिए है क्योंकि वहां यहां से सफलता का स्वाद चखा है तो बिल्कुल वो चंद्रा से ही जुड़ना चाहिए हम उनके लिए लाइव है हम सब लिए ल, नहीं लाइव है आप हमारी बात सुन लीजिए हमने जानकारी दे दिया वो एक अलग बात है लेकिन जिन्होंने सक्सेस हासिल की है जिनको चंद्रा से ही कोर्स करना है तो उनके लिए मैं लाइव हूं भाई <laughs> देखिए अभी अभी जो भाई बहन आए हैं उनके लिए फिर से मैं बता के तब ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूं क्योंकि जिनको जानकारी चाहिए उनको ही जानकारी देना अच्छी बात है बिल्कुल जो चंद्रा से जुड़ गया उसे किसी भी कीमत पर सफलता दिलाना हर संभव प्रयास करके भाई बहन सफल हो ये हमारी कोशिश ये हम सब अध्यापकों की कोशिश तो देखिए जल्दी से एक बार देखिए जो अभी लाइव आए हैं विज्ञापन जारी हो गया है अंतिम तिथि 28 जनवरी है पीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए बस पीटी में मार्क्स की बाध्यता नहीं ट्रिपल सी अनिवार्य नहीं आयु 18 -40 ए, से 40 वर्ष ए वन अपन मार्किंग रहेगा चार विषय होंगे है ना ग्रामीण विकास हो गया भैया सामान्य ज्ञान हो गया मैथमेटिक्स हो गया और सामान्य हिंदी हो गया ये चार पच्चीस पच्चीस नंबर के रहेंगे सौ अंक का रहेगा ठीक है तो ये एक मोटा मोटी प्रकाश जिसको जानकारी कहते हैं और सावधानी से आपको फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन प्रवेश के लिए 11 जनवरी से चंद्र इंस्टीट्यूट 11 जनवरी से आप प्ले स्टोर पर लिखेंगे देखिए मैं संचित बता दे रहा हूं ठीक है गोस्वामी सर आपको बताने जा रहे हैं किस प्रकार से आप प्रवेश लेंगे बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए चंद्रा इंस्टीट्यूट अलाहाबाद एप्लीकेशन पे कैसे आप प्रवेश लेंगे गोस्वामी सर अच्छे से आपको बताने जा रहे हैं पहले प्ले स्टोर पर जाएंगे चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझा दे रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार दिक्कत ना हो मैंने एक वर्ड फिर से मैं बोला हूं मैं उनके लिए लाइब हूं जिन्होंने चंद्रा से सफलता का स्वाद चखा है लतू फालतू लोगों के लिए नहीं बिल्कुल नहीं जो चंद्रा पे विश्वास करते हैं कि हां ये है जहां पे हमें जुड़ना ही है वो बहुत से ये बहुत बड़ी श्रृंखला आज आप ही ने यूपी का नंबर वन संस्थान बनाया है चंद्रा को आप ही ने बनाया है इतने जिलों में किसकी ब्रांचेज है बताइए केवल चंद्रा की ब्रांचेज है यूपी में इतने जिलों में तो चंद्रा ने कुछ अलग किया ना कुछ खास किया ना पेट में यूपी पेट में आपने देखा क्या कमाल किया एक चंद्रा के भाई बहन तो वही चीज लेखपाल में वही चीज लेखपाल में करके दिखाएंगे एक तरफ चंद्रा के भाई बहन क्योंकि जहां चंद्रा लग जाता है चंद्रा के एक्सपर्ट जहां लग जाते हैं बस सफलता ना मिले ऐसा हो नहीं सकता किसी भी कीमत पे हम लोग का एक संकल्प रहता है कि किसी भी कीमत पे अपने भाई बहनों को सफलता दिला ही देना है तो निय संकोच बिना सोचे और अगर आप पहली बार हमारी बात को सुन रहे हैं तो आप बहुत नॉर्मल से फीस रखी है ताकि आप पहली बार आप एक बार देख लीजिए इतने कम फीस में आप सफल होने जा रहे हैं इतने कम फीस में तेरह सो निन्यानवे मात्र और यह जो तेरह सौ निन्यानबे फीस होगी मात्र दस जनवरी तक हां दस जनवरी तक तेरह सौ निन्यानवे रहेगा उसके बाद यह फीस जस्ट डबल हो जाएगा तो तेरह सौ निन्यानवे मात्र फीस होगा दस जनवरी तक और ग्यारह जनवरी से नया बैच आप हमारा जो ओल्ड बैचेज हैं वहां से डेमो भी देख सकेंगे लेखपाल हमारा 10 दिसंबर से बैच चल रहा है और अब 11 जनवरी से नया बैच तो जो न्यू बैच है भैया वहां आपको डेमो 11 जनवरी से मिलेगा लेकिन जो हमारा ओल्ड बैच है वहां पे सभी विषयों का डेमो है 10 दिसंबर से आप वहां पे डेमो देख सकेंगे कैसे आप एप्लीकेशन पे जाएंगे कैसे डेमो देखेंगे संपूर्ण प्रक्रिया गोस्वामी सर आपको बताने जा रहे हैं आप बिंदास आप समझ लो अच्छे से और बिना सोचे बिना समझे एक बार यूपी के नंबर वन स्टूट से जुड़िए कुछ तो खासियत है जो आपने ही बनाया है बहुत से भाई बहन नहीं जानते हैं उनको बताना जरूरी है उनके अंदर कॉन्फिडेंस जगाना जरूरी है तो बिल्कुल जुड़िए बिंदास जुड़िए और अगर आपके भाई बहन संपर्क में हैं तो वो तो बताएंगे ही सिर्फ और सिर्फ चंद्रा यह निश्चित रूप से वो आपको बताएंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच बहुत विस्तार से सर आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही विस्तार से दोस्तों आप सभी को सर ने लगभग एक शॉर्ट में सारी जानकारी दे दिया कि हम लोग लगातार क्लासेस में ये बता रहे हैं चाहे हमारा कोई भी बैच हो कि बेटा लेखपाल की भर्ती ओपन होने वाली है है ना और देखिए आपके सामने वैकेंसी आ चुकी है चुनाव के पहले और देखिए चुनाव है तो बार बार एक बात हम लोग कह रहे हैं कि वैकेंसियां तो आएंगी ही सब आएंगी ठीक है अब देखिये लेखपाल की जो भर्ती खुली है एक बार मैं छोटा सा ब्रीफिंग शुरू से ले रहा हूँ कई बच्चों के कई सवाल से मैं मोबाइल में देख रहा था तो चलिए मैं आपके सवाल को भी यहाँ इंक्लूड कर लूंगा जैसे देखिए दोस्तों विज्ञापन जो जारी हुआ है फॉर्म भरना सात तारीख से शुरू होगा और अट्ठाईस जनवरी तक लास्ट डेट होगी ध्यान रखिएगा विज्ञापन जो जारी हुआ है इसका फॉर्म सात जनवरी से भरा जाना शुरू होगा और अट्ठाईस जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं अब कई लोगों का मैसेज ये आ रहा था कि सर ये अगर मैंने किया है ये नहीं किया तो क्या करेंगे तो ध्यान से देखिए आपको डिमांड क्या क्या है आपके पास पीईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए नंबर की कोई बाध्यता नहीं है भाई एक नंबर भी होगा तो भी फॉर्म डाल सकते हो जैसे अभी हम लोगों के बीच में एक भाई था पूछा सर जी एक नंबर हो तो डाल सकते हैं भैया है, बिल्कुल डाल सकते हो बस नेगेटिव मार्क होगा तो भी लेकिन रिजल्ट होना चाहिए तुम्हारे पास ये ध्यान रखना रिजल्ट होना चाहिए तुम्हारा ठीक है आगे पीईटी में मार्क्स की कोई बाध्यता नहीं है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कोई बाध्यता नहीं है बस आपके पास आप एग्जाम में बैठे होने चाहिए आपका रिजल्ट होना चाहिए आपके पास ट्रिपल सी अनिवार्य नहीं भाई देखो चुनाव है तो ट्रिपल सी की बाध्यता हटा दिया है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म डालें है ना तो ध्यान देना कि ट्रिपल सी अनिवार्य नहीं होगा आप क्या अगर आप इंटर पास आउट हैं और आपने पीटी का एग्जाम दे रखा है तो आप बैठ सकते हैं भैया आगे बढ़ते हैं आयु कितनी होगी अट्ठारह से चालीस वर्ष होनी चाहिए भाई ध्यान रखिएगा अट्ठारह से चालीस वर्ष एक लंबी एरिया दिया है लगभग हर बच्चा इसमें आ जाएगा जो पेट दिया होगा ठीक है वो सब इस फॉर्म को डाल सकते हैं इसके बाद में ध्यान देना निगेटिव मार्किंग पे ध्यान रखना भैया गलत सवाल मत टिक कर देना है तो आता हुआ सिलेक्शन हो सकता है रुक जाए वन बाई फोर्थ का निगेटिव मार्किंग है यानी चार सवाल गलत करोगे तो एक नंबर जाएगा इसलिए तुक्का मत मारना हो सकता है वही एक नंबर से मामला बिगड़ जाए है ना तो ये चीज ध्यान रखना मेरे भाइयों क्लियर है अब कई लोगों का सवाल यह था कि सर अगर पेट नहीं किया तो बेटा सॉरी पेट नहीं किए हो तो यह अप्लाई नहीं कर पाओगे पेट करना अनिवार्य होगा ये पेट जब जारी हुआ था तो भी हम लोगों ने अपने चैनल से लगातार यह जानकारी दी थी कि लेखपाल की भर्ती वीडियो की भर्ती जो नई आएगी ट्रिपल एस सी के अंडर में उन सभी में पेट अनिवार्य होगा यह ध्यान रखना क्लियर है बात सभी को और बात कई लोग कह रहे हैं सर पेपर कब होगा तो देखो बेटा फॉर्म भरे जाने की तो चीजें आ गई लेकिन पेपर में अभी थोड़ा सा समय लगने वाला है ठीक है मैं आता हूं आगे विज्ञापन आप देख ही चुके हैं मैं आपको बता देता हूं कि आप एडमिशन कैसे लोगे ध्यान देना आपको नया बैच जो मिल रहा है वो 11 जनवरी से शुरू होगा एडमिशन शुरू हो चुके हैं अभी से ध्यान रखिएगा एडमिशन शुरू हो चुके हैं एडमिशन अभी 10 जनवरी तक जैसा कि आपको सर ने बताया एडमिशन अगर आप 10 जनवरी तक ले लेते हैं तो आपकी फीस यही रहेगी तेरह रुपए लेकिन अगर आप उससे लेट करते जैसे कई लोग होते हैं ना अरे अभी क्यों थोड़ा सा रुक जाओ थोड़ा बाद में लेंगे भैया मेरे बाद में लोगे तो फीस ये डबल हो जाएगी तो इसलिए अगर भाई देखो काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब है ना ध्यान रखना इस बात को ये फीस केवल 10 जनवरी तक है भाई लेखपाल का नया बैच शुरू हो रहा है जो 11 तारीख से कैसे ज्वाइन करोगे कैसे देखोगे कहां जाके देखना है मोबाइल में प्ले स्टोर सभी के होगा सभी लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं सभी के मोबाइल में प्ले स्टोर होगा प्ले स्टोर पर जाना टाइप करना चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद ये हमारा ऐप है इसको जैसे आप डाउन देखोगे ओपन करोगे तो वहां सर की फोटो लगी हुई ओपन हो जाएगा हमारा इंस्टॉल कर करने के बाद मॉडल पेपर वगैरा कैसे कब से शुरू हो रहा है सारी जानकारी आपको मिलने वाली है तो बस मैं इसको बता लू फिर तुरंत वागेश्वर आपके साथ जुड़ रहे हैं फिर से तो ध्यान देना की चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद ऐप को इंस्टॉल करना वहां पर एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है आईडी बनाने का मोबाइल नंबर नाम ईमेल आईडी तीन चीजें मांगेगा तीनों चीजें सही डालिएगा फर्जी मत डाल देना क्योंकि उसी पे आपका पासवर्ड जाएगा स्लिप जाएगी सब कुछ उसी पे जाएगा तो वो नंबर सही हो आईडी बना लेना आईडी बनाने के बाद न्यू बैच में चले जाना ठीक है तो लीजिए वागेश जुड़ रहे हैं फिर से देखो एक बात में खास बताना भूल गया कि बेटा कल से तीन दिन लगातार प्रातः आठ बजे आपका मॉडल पेपर चलेगा और आज रात में आज रात में नौ बजकर पंद्रह मिनट पर महासेमिनार होगा लेखपाल पर महासेमिनार होगा सारे टीचर उपस्थित होंगे और कैसे क्या प्लानिंग होगी इस पर पूरी योजना हम लोग बनाएंगे बताएंगे कैसे आपको सफलता दिला ले जाएंगे मैंने बताया ना बेटा कि यह मत सोचना कि हम बस लाइव आए अब देखो लाइव का दैर अब शुरू होता है जब विज्ञापन आ जाए तब ऊर्जा हमारी देखिए तब हमारी ताकत देखिए तब बदल जाती है जो भाई बहन हमारे प्रवेश ले चुके हैं उनको भी वो भी हमारी ऊर्जा देकर समझ जाएं कि अब जो है चीजें बिल्कुल अलग और डिफरेंट लेवल पर आपके एग्जाम तक पूरी कहानी चेंज करके रख देंगे ये आपके भाई का वादा है ये आपके भाई का वादा है जब तक विज्ञापन नहीं थोड़ा सा चल रहा है चल रहा है चल रहा है लेकिन विज्ञापन आने के बाद पूरी कहानी चंद्रा के पाले में ये ये हमारी कोशिश होती है, ये हमारा मिशन होता है आज शाम में रात में नौ बजकर पंद्रह मिनट पर महासेमिनार करेंगे सारे टीचर उपस्थित रहेंगे सभी टीचर उपस्थित रहेंगे और महासेमिनार के माध्यम से आपके अंदर वो ऊर्जा का संचार करेंगे कि वो सफलता के द्वार तक आपको ले जाए यह हमारी तो नौ बजकर पंद्रह मिनट आज शाम में और कल प्रातः आठ बजे से मॉडल पेपर तीन मॉडल पेपर अभी तीन मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं फिर जैसा आपका सपोर्ट रहेगा उस तरह से प्लानिंग किया जाएगा तीन मॉडल पेपर कल प्रातः आठ बजे से और आज शाम में नौ बजकर पंद्रह मिनट पर महासेमिनार का आगाज होगा और पूरी योजना कैसे सफलता दिला ले जाएंगे मेरे लैंग्वेज मेरी बात से आप समझ जाइए कि जब एग्जाम जब चीजें सामने होती हैं तो हमारा तीर राम बाण की तरह होता है एकदम जिसका कोई तोड़ नहीं क्योंकि वो ताकत वो मेहनत की बात मैं कर रहा हूँ कोई तोड़ नहीं का मतलब मेहनत समर्पण त्याग कोशिश 110 एंड टेन लेवल पर मतलब जितना कर सकते हैं वो भाई बहनों के लिए कर दो हो गया ठीक है? तो ये ऊर्जा ये ताकत विज्ञापन आने के बाद बदल जाता है थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर सर एक मिनट बता दीजिए कुछ नंबर वगैरह मोबाइल नंबर कुछ बता दीजिए ताकि भाई बहनों को सुविधा ना हो ठीक है ये चीजें होंगे इस तरह से अपना आप ऐप पर आईडी बना लो और उस पर ज्वाइन कर लो और डेमो वगैरह आप वहां से देख सकते हैं अच्छा अगर कोई असुविधा हो रही है तो सर आगे जानकारी कैसे होगी तो बेटा आप हमारे ऑफिस के नंबरों पे संपर्क कर लीजिए एट फोर डबल जीरो ट्रिपल थ्री टू सिक्स थ्री है ना ध्यान रखिएगा ट्रिपल इस नंबर पे कॉल कर लो या फिर यहीं पर सिक्स लगा लो सिक्स लगा लो चाहे सिक्स इनमें से किसी भी एक नंबर पे आप संपर्क करके कोई भी दुविधा होती है तो जानकारी ले सकते हैं इसके अलावा आपको और ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप हमारे प्ले स्टोर पर जुड़िए वहां पर सॉरी प्ले स्टोर नहीं आपका टेलीग्राम है ना टेलीग्राम पर कैसे जुड़ोगे क्योंकि वहां पर हम लोग ये पूरा विज्ञापन देंगे अभी देखिएगा ये पूरा विज्ञापन है ये पूरा टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा तो ये टेलीग्राम पर कैसे देखना है भाई टेलीग्राम एप को डाउनलोड कर लेना वहां टाइप करना चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद भाई नाम तो वही है इंस्टीट्यूट आपका है तो चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद ध्यान रखिएगा ये टेलीग्राम पर टाइप करना है और हमारा ऐप खुल जाएगा आप देखेंगे टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है लगभग 500 के आसपास बच्चे हैं 200 300 ठीक है ना तो ये आपको मिल जाएगा वहां पर और उसपे आप ज्वाइन हो जाना ठीक है कई दो तीन गुरु चैनल हमारे हैं लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा संख्या है उसमें आप ज्वाइन रहिएगा सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा और अभी विज्ञापन डाला जा रहा है तुरंत ठीक है? बताया, बताया है, है पेट का परसेंटाइज बोला ही नहीं है बस स्कोर कार्ड हो भैया स्कोर कार्ड मतलब तो समझ रहे हो ना पेपर में बैठे हो ना बस इतना होना चाहिए परसेंटेज वर्सेंटेज नहीं मांगा है भाई बस पेपर में बैठे हुए होने चाहिए उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए कितना नंबर है यह नहीं बोला है यानी आप कोई भी नंबर पाए हो बैठ सकते हैं कोई टेंशन नहीं है क्लियर हुआ अभी सभी को तो दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर है देख लो कायदे से समझ लो एकदम अच्छे से ठीक है ना हम लोग फिर शाम को सेमिनार है आपका अभी सर ने आपको अनाउंस किया कि शाम को नौ पर और आपकी पूरी टीम जुड़ेगी है ना और वो आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर देगी समझाएगी चीजों को तो जुड़िए सवा नौ बजे और अच्छे से चीजों को अपने लेखपाल का स्ट्रक्चर समझने के लिए क्योंकि पता है कि चार सब्जेक्ट होंगे हिंदी होगा मैथ्स होगा जीके है और आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल है ये आपका सिलेबस है ठीक है दोस्तों तो चलिए मिलते हैं शाम को तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम नमस्कार धन्यवाद जय हिंद भाइयों बता दिए